इंसानों की एकता की तो आप समझ सकते हैं इन इन्हीं इंसानों की दाँत देनी पड़ेगी इन्होंने जिन्होंने जो काम करके दिखाया आप देख ही सकते हैं घर को दूसरी जगह पर ले जाकर शिफ्ट कर दिया है इसके लिए तो एक लाइक बनता है यहाँ पे देखिए कुछ इंसान आए थे जंगल पे घूमने के लिए एलिफेंट सामने आ गया और एलिफेंट इतना अच्छा है कि इनके साथ फ्रेंडशिप करने लगा अब देख के समझ ही सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इंसान को चलते चलते कांच पर टकराते हुए देखे हुए लेकिन यहाँ पे देखिए डॉगी कैसे तीन तीन बार जाके टकराती है कांच से अगर really वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बाय फ्रेंड्स